तो हेलो एवरीबेडी कैसे आप सब आई होंगे मैं के पी आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो देख सकते हैं ये है पाबी पुस्ता और आगे आपको बता दूं कि ये डेहली का एंड होने वाला और यहाँ से यूपी स्टार्ट हो जाएगा ये सामने आप सभी को ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर का ये यहाँ से देख सकते हो इसकी सीमा ख़त्म हो जाती है डेली ख़त्म हो जाता है और यूपी स्टार्ट हो जाता है तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ डेहली देहरादून एक्सप्रेस वे जो कि पावी पुस्ता पर बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है और रोड का एक्सपेंशन का काम किया जा रहा है दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर यह मिट्टी डाली जा रही है दोनों साइडों में चौड़ा किया जा रहा है और ये बारह लेन का एक्सप्रेसवे होने वाला है सिक्स लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस होगा और सिक्स लेन आपको बता दो लोकल ट्रैफिक के लिए छोड़ी जाएँगे दोस्तों तो जो ये बीच की आपको जिसपे हम अभी चल रहे हैं ये बीच की लाइन है इस पर सिक्स लेन एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड होगा जो कि आपको बता दो दिल्ली के अंदर और ये आ जाता है विजय बिहार और विजय बिहार के सामने आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कितना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क अभी यहाँ पर रोड पे चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों और आपको बता दूं कि देख सकते हो ये जो रोड बनाया जा रहा है इसके सिक्स लेन जो बनाए जा रहे हैं उनके जो रैम्प के साइड के जो ये बॉल हैं देखो बोल लगाए जा रहे हैं किस तरीके से ये इंस्टॉल किए जाते हैं आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो दोस्तों ये देख सकते हो ये जो साइड बॉल हैं किस तरीके से ये लगा रहे हैं फिर इसके अंदर मिट्टी डाली जाएगी मिट्टी की लेयर डालने के बाद में इसको लेबिल किया जाएगा लेबल कर देने के बाद में दोस्तों इस पर कंक्रीट की लेयर बिछाई जानी है फिर उसके बाद में इस पर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 देखते रहो के के चैनल पर दोस्तों के लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों तो आपको बता दो ये सारा का सारा पाबी पुस्ता है और पाबी पुस्ते पर ग्राउंड लेवल पर ये रहने वाला है एक्सप्रेस वे तो इसी वजह से यहाँ पर ये ग्राउंड ग्राउंड लेवल का ही, ही काम चल रहा है तस्वीरें देख सकते हो ये साइड बॉल किस तरीके से ये लगाते हैं और किस तरीके से उठाते हैं क्रेन द्वारा और फिर इसको यहां पर ये बीच में रख दिया जाएगा किस तरीके से रखते हैं आप लोग खुद ही देखो क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोग देखोगे आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से ये रैम्प के साइड बॉल को लगाया जाता है किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और कैसे कैसे इसमें मिट्टी की लेयर डाली जाती है और कैसे इसको दबाया जाता रोड लोलर द्वारा दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो ये लगाया जा रहा है इस टाइम पे तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और नज़ारा ही देखो कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत तेज़ी के साथ में बनाया जा रहा है दिन रात इस पे का इंस्टेंट वर्क चल रहा है क्योंकि दो के लास्ट तक इन्हें कम्प्लीट करके देना है एन को दोस्तों क्योंकि जो कंपनियां यहां पर वर्क कर रही हैं वो बहुत तेज़ी के साथ में कर रही हैं और देखो किस तरीके से इंस्टॉल किया जा रहा है आप लोग देख सकते हो साइड बॉल को ये देख सकते हो ये इन्होंने इंस्टॉल कर दिया ये लग गई और लग जाने के बाद में फिर ये सरिये से निकाल देंगे क्योंकि इसमें छेद हैं और छेद करने के इसमें छेद में डाल देते हैं दोनों साइड में और फिर ये उठा लिया जाता है तो इसी तरीके से ये लगाया जाएगा देखो किस तरीके से ये उधर उस साइड में ना ये थोड़ी सी आपको बता दें कि ये लकड़ी की गिटक सी लगाते हैं ताकि वो इधर की साइड में झुका रहा है अंदर की साइड में तो यही नज़ारा है और ये शायद टूट भी जाते हैं क्योंकि इनमें देखो ये जो बोल लग रहे हैं साइडों में बीच के देख सकते ये इसी तरीके से ये लगा रहता है दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो और चलते हैं आगे और दिखाते हैं चल के आप सभी को कि ये विजय बिहार के सामने का ये नज़ारा देख सकते हो ये सामने विजय बिहार है लेफ़्ट हैंड पे और यहाँ पर जो घर थे वो कुछ टूट गए हैं कुछ बचे हैं तो देख सकते हो मिट्टी डाली जा रही है और यहाँ पर ये लेबल किया जाएगा मिट्टी को और मिट्टी की लेबल होने के बाद मैं दोस्तों फिर इस पर कंक्रीट की लेयर डाली जानी है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये यह सेफ्टी बोर्ड लगा दिए और यहाँ पर बीच में बर्फ चल रहा है अभी और दिखाएंगे यहाँ पर क्योंकि कई वीकल अंडरपास भी बनाए जा रहे हैं कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा और ऐसे ही वीडियोस एंजॉय करो के पी के चैनल पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि मेरी यही गुजारिश रहती आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा देखो एक तो ये वीकल अंडर बनाया जा रहा है इसका रैम्प बनाने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पर देख सकते हो ये अबसरिया बिछाए जाएंगे नीचे और फिर इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा फिर इसके साइड बॉल बनाए जाएंगे फिर इसको ऊपर का पार्ट आ जाएगा दोस्तों तो देख सकते हो ये वाला पार्ट पहले ही बन चुका था और इसमें आपको बता दूं कि देख सकते हो ये साइड में ड्रेनेज सिस्टम को भी बनाया जा रहा है ये देख सकते हो साइड में ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है क्योंकि बारह लेन का ये एक्सप्रेस वे हो होगा दोस्तों सिक्स लेन तो आपको लोकल ट्रैफिक के लिए मिलेंगे और सिक्स लेन मेन हाईवे के लिए मिलेंगी जो कि दिल्ली से चढ़ेंगे और देहरादून जा कर ख़त्म हो जाएगा एंड हो जाएगा ये छह राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों ये सिटी से होकर गुजरेगा दोस्तों छह से तो उसमें आ जाती हैं डहली बागपत बड़ोत सामली सहारनपुर और एंड में आ जाता है देहरादून लास्ट में तो देख सकते हो ये मिट्टी की लेयर ये बिछाई जा रही है कंक्रीट की ये लेयर बिछाई जा रही है क्योंकि इसमें बीच में जिसमें अभी हम चल रहे हैं इस पर काम चलेगा तो इसी वजह से इसको साइड वाली ये लाइन बनाई जा रही है और इसमें आपको बता दो ब्लैक टॉप करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा फिर इसमें बार्क किया जाएगा जिस लाइन पे हम अभी चल रहे हैं तो रोड लोलर चल रहा है और देख सकते हो मिट्टी को ये दबाया जा रहा है अभी जो कंक्रीट की लेयर है उसको दबाया जा रहा है और आगे आप लोगों को जे भी, भी देखने के लिए मिलेगा तो बहुत तेज़ी के साथ में इस रोड को बना रहे हैं जो कि सर्विस लाइन है वो बनाई जा रही है लोकल ट्रैफिक के लिए ताकि वो लाइन खोल दी जाए फिर इस पर काम इस्टार्ट हो सके दोस्तों इस पर जिसमें हम अभी चल रहे हैं इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में कुछ दिनों में तो जब तक मैं अगली अपडेट आप लोगों को यहाँ की लेकर कर आऊँगा तब तक तो इस पर बहुत सारा काम हो चुका होगा तो आप लोग बताना दोस्तों कि वीडियो के पी के कैसे लगते हैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है या नहीं लगती है आप नीचे हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताया करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत को लाइक शेयर सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तो देख सकते हैं आगे ये यहां पर इन्हें बैरिकेट लगा रखा है अब यहाँ से हम हो जाएंगे राइट में चलेंगे जो कि ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है मतलब सिंगल ही लेनी खुली हुई है और इस पर देखिए ये ब्लैक टॉप को हटाया जा रहा है ब्लैक टॉप को हटाने के बाद में दोस्तों फिर ये मिट्टी ये हटाई जाएगी यहाँ से और मिट्टी हटाने के बाद में फिर इस पे जैसे कि आप लोगों ने देखा था ये मिट्टी हटाई जा रही है ना ये मिट्टी हटाए जाने के बाद में फिर इस पर जैसे उधर आप लोगों ने अभी देखा था न वो साइड बॉल लगाए जा रहे हैं वैसे ही साइड बॉल लगाए जाएंगे ये सारी दीवारें टूट जाएंगी जो दीवार चमक रही है ना ये सारी टूट जाएंगी अभी देखो ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं वो नीचे और ये मिट्टी की काटने का काम चल रहा है तो इसको बिल्कुल हटा दिया जाएगा इसको थोड़ा नीचे भी कर दिया जाएगा या तो शायद हो सकता है कि ये जो एक्सप्रेस लेन है वो ऊँची रहें और जो लोकल ट्रैफिक के लिए वो नीचे सा, नीचे रहें ऐसा भी हो सकता है दोस्तों तो जो भी है जैसा भी होगा वो आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा आप सभी को दोस्तों तो दो आप लोग ऐसे ही वीडियोस को एंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के चैनल पर और केपी संत पर आप लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन लाता रहता है और आप लोग वीडियोस देता रहता है बना बना कर तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर विज़िट करो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों देख सकते हो ये सारे में ही अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पाभी पुस्ता पर और ये है पाभी पुस्ता दोस्तों देख सकते हो ये एक साइड की रोड को बिल्कुल तोड़ दिया जा चुका है तो ऐसे ही पूरी रोड को तोड़ दिया जाएगा दोस्तों फिर इसके बाद में नई इस पर लेयर बिछाई जानी है और नई लेयर बिछाई जाने के बाद में तब ये एक्सप्रेस वे सही ढंग से ये बनेगा दोस्तों तो दोनों साइड वहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उधर की भी देखो दीवा वो तोड़ दिए रोड तो इस पर अब मर्ज हो गया लेफ्ट वाले साइड में दोनों साइड का ट्रैफिक आने का भी और जाने का भी एक ही रोड में ट्रैफिक को ये डाइवर्ट किया गया है तस्वीरें देख सकते हो क्योंकि आगे काम चल रहा है तो इसी वजह से ये डाइवर्ट किया गया है दोस्तों और आगे आने वाला है आपको बता दूँ जो आपको ये क्या नाम है ये पाबी और लोनी वाली रोड आगे चौराया आएगा किराया और वहाँ से आपको बता दो अगर सीधे जाते हैं तो आपको लोनी होते हुए सीधे शादरा के लिए निकल जाएंगे दोस्तों और अगर हम पाबी पाते हैं तो इधर से हम निकलेंगे खजूरी होते हुए शास्त्री पार्क और ऐसे घूमते हुए गांधी गीता कॉलोनी और अक्षरधाम निकल जाएंगे दोस्तों तो उसी से ये रूट बनाया गया है क्योंकि पहले वाले रूट पर नहीं है ट्रैफिक क्योंकि वहाँ से कंजक्शन एरिया था ज़्यादा तो इस वजह से वहाँ से नहीं इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है दोस्तों तो देख सकते हो नीचे कुछ इस तरीके से ये साइड बॉल का काम किया जा रहा है तस्वीरें देख सकते हो ये साइड बॉल लगाई जा रही मिट्टी को हटा दिया इन्होंने अब लेयर भी बिछाई जानी है मिट्टी की मिट्टी की लेयर बिछा के और फिर देख सकते ये साइड बॉल लगा दी जा चुकी है उन्होंने और दूसरा वीकल अंडर एक यहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों ये देख सकते हो दूसरा बीकल अंडरपास ये आ चुका है जिसकी दीवारें दोनों साइड की आधी खड़ी हो चुकी हैं आधे पे आप कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है देख सकते हो ये सेटरिंग लगा कर फिर ये दीवार और उठाई जाएंगे अभी और फिर इस पर आपको बता दूँ कि इसको पाट दिया जाएगा देखो कुछ ये चल रहा है सेटरिंग लगा दी इन्होंने ये दीवार बनाने का काम चल रहा है दोनों साइड की सेटरिंग ये लगी हुई है फिर इसको पाटा जाएगा जब ये दीवारें बिल्कुल ऊपर बन के कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों तो यही वर्क चल रहा है यहाँ पर देख सकते हो ये साइड बॉल बना दी है काफ़ी ऊंची कर दी है और इसमें मिट्टी की लेयर अब डाली जा रही है मिट्टी की लेयर डालने के बाद में दोस्तों इस पर फिर कंक्रीट की लेयर डाली जाएगी फिर उसके बाद में ब्लैक टॉप किया जाएगा तो ये देख सकते हो ये लोकल ट्रैफिक के लिए लाइन खोल दी जा चुकी है ड्रेनेज सिस्टम भी बन चुका है तो यही सीन है यहाँ का पाबी पुस्ता का दोस्तों हम आगे चौराहे पर चलते चले जा रहे हैं और आगे चौराहे से फिर हम हो जाएंगे लेफ्ट जहाँ पर आपको मंडोला बिहार और इधर के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 ये साइड बॉल लगा दिए हैं और इस पे अब मिट्टी की लेयर का काम चल रहा है मिट्टी की लेयर बिछाई जा रही है इस पर देख सकते हैं जैसे भी ये लगी हुई है क्योंकि ये जो बेच वाली लेन थी उसको काटा पीटी का काम चल रहा है उसको हटाई जा रही है और नई लेयर इस पे बिछाई जा रही है दोस्तों तो आप लोग बताना क्या वीडियो कैसा लगा आप सभी को और ऐसे ही वीडियोज देखो तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय